तो हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है बबलू कुमार गुप्ता और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो जो देखते हैं चाहे वो भोजपुरी गाना हो या हिंदी गाना हो या कोई भी मूवी हो आप जब यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको पसंद आता है वो कि हम इसको डाउनलोड कर, कर ले आप ज़रूर सोचते होंगे कि इस वीडियो को हम डाउनलोड कर ले अपने मेमोरी कार्ड में या फ़ोन में तो इसके लिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आप कोई भी वीडियो यूट्यूब से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप बहुत ही आसान तरीके से तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नया नया वीडियो आपके पास बहुत जल्द पहुंच सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पे आप लोगों को बतलाएँगे कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं YouTube वीडियो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं यहाँ से ही बताऊंगा कि आप कैसे यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हमको जाना होगा अपने यूट्यूब में तो मैं जा रहा हूं अपने यूट्यूब ब्राउज़र में और जाने के बाद यहां से हमारा कोई भी वीडियो अगर हम चाहते हैं डाउनलोड करने के तो मान लीजिए अनिल कमल का बहुत पूरी गाना नया आया हुआ है कली ही का रिलीज हुआ है देखिए यहाँ पर लिख रहा है ए वन डेज एक गो मतलब कि कली ही रिलीज हुआ है तो इसको हम प्ले प्ले थोड़ा सा कर लेते हैं मैं मैं तुम्हारा देता देख सकते हैं जो गाना है स्टार्ट हो गया है ख जो नया गाना है इसको हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे जो नीचे देखते हैं आप जो देखने को आप लोगों को मिल जाएगा लाइक डिसलाइक शेयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे शेयर करेंगे शेयर करने के बाद आप लोगों का कुछ ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा तो आप लोग को जाना होगा नीचे और नीचे जाते हैं तो कि यहाँ पर हमारा लिखा है भीटमेट वीमेट मेरे पास इंस्टॉल है आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप कम कमेंट कर सकते हैं और मैं आप कमेंट करेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा या कमेंट बॉक्स में लिंक डाल दूंगा वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो चलिए अपने वीमेट यहां पर जो वीमेट है इसको हम क्लिक करते हैं इसको ओपन करते हैं तो जैसे ही ओपन हम कर दी क्लिक किए तो कुछ ऐसा ऑप्शन खोला यहाँ पे आप लोग को दे रहा है कि आप कौन सी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं अगर आप केवल उसका एम थ्री डाउनलोड करना चाहते हैं वीडियो डाउनलोड करना नहीं चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखने को मिल जाएगा म्यूजिक तो म्यूजिक के नीचे आप लोग एक फोर ऑप्शन दिया हुआ है आप यहाँ से आप सबसे लास्ट वाला बेस्ट क्वालिटी का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके जैसे कि आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो एम पी में आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में डाउनलोड करूं तो आप लोग के यहाँ पर क्लिक नहीं करना है आपको जाना है नीचे यहाँ पर लिखा है वीडियो तो वीडियोस में लिख रहा है कि आप कौन सी क्वालिटी में डाउनलोड करना चाहते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आप सारे कर लीजिए लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से कम से कम आप लोगों को फोर एटी पी जो दिखाए यहाँ से नीचे की तरफ जितना भी चाहे उतना क्वालिटी में आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं ये लास्ट वीडियो फोर के एच तक आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आप लोगों को इस गाने के लिए वन पॉइंट जीरो टू वन पॉइंट जीरो टू जी लगेगा आप लोग के इतना एम कटेगा फोर में डाउनलोड करने के लिए तो हमको फोर के में डाउनलोड करना है हमको बस केवल फोर एट्टी पर क्लिक कर दे रहे हैं और हम यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो हम लोग का वीडियो स्टार्ट हो जाएगा डाउनलोड होना तो चलिए डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर लिख रहा है कि आपका जो फोन मेमोरी है यहाँ पर लिखा है नोट इन आउट इस्टोरेज मतलब कि आपका इस्टोरेज खाली नहीं है इसको खाली कर दीजिए तो मैं यहाँ पर लिखा चेंज करेंगे चेंज के ऑप्शन पर हम क्लिक दिए कि मैं फ़ोन में नहीं अपने मेमोरी कार्ड में मेमोरी कार्ड में इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर चेंज पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर मेरा वीडियो एक स्टार्ट हो गया डाउनलोड होना तो आप लोग यहाँ पर जाइए नीचे नीचे जाने के बाद आप वहाँ पर जो साइड में एक कॉर्नर में जो डाउनलोड का ऑप्शन एयरूम इस पर क्लिक कर दीजिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा मेरा डाउनलोड स्टार्ट नहीं हुआ है शायद मेरा मेमोरी कार्ड भी फूल हो गया है इसको मैं डिलीट करूँगा और उसके बाद इस वीडियो को डाउनलोड करूँगा यहाँ से अपने मेमोरी कार्ड में से कुछ वीडियो को डिलीट करूँगा उसके बाद जो तो यहाँ पर लिखा है रिट्राई ऑप्शन का जो दे रहा है यहाँ पर मैं रिट्राई कर लूँगा तो मेरा वीडियो डाउनलोड होना इस्टार्ट हो जाएगा तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते जान चुके हो कि कैसे अपने